अपने, अपने राम को रूँ अपने राम को जाऊँ गाली ना छोड़ू पाता न छोड़ू गाली न छोड़ू पाता न छोड़ू ना कोई जीव सताऊ कोई जीव सताऊं पात पात में प्रभु बसत हैं पात पात में प्रभु बसत है वाही से नम अपने राम को नाम अपने राम जाऊ गंगा न जाऊं, जमुना न जाऊं, ना कोई तीरत नहाऊं, गंगा न जाऊं, जमुना न जाऊं, ना कोई तिरत नहाऊ हमेशा क्षती तिरत घटके भी तर हमें सज तीर घट के भीतर तीन में मलिके नहाऊं अपने राम को रिधाम अपने राम को धाम औस दिखाऊ बूटी लाऊ सधि खाऊ ना बूटी लाऊ ना, ना कोई बुलाऊ सामू न बूटी लाऊ ना कोई बैद बुलाऊ पुरा नासी पूनासी वही कोना से दिखाऊं अपने राम को जाऊं अपने राम कोर जाऊ ज्ञाने कुठारा कर बाधू सूरत कमान चढ़ाऊ ज्ञान पुठार कस के बांधूं सूरत कमाने चढ़ाऊ पांच चोर बसे घट भीतर चोर बस घाट भीतर तिली को मार भगा अपने राम को अपने राम को जोगी हो मुना डाटा बढ़ाऊ जोगी हो मुना जट बढ़ाऊ नयंग विभूति रमाऊ जोगी हो ना जट बढ़ाऊ नयंग विभूति रमाऊ जय के रंगे रंगे विधाता और क्या रंज चलाऊ अपने राम कोर ढाओ अपने राम कोर ढाऊ चंद सूरज समकार राखो चंद सूरज दो समकार राखो रखो निज मन से जब बिछाऊ दो सम राख निज मैने से पिछाऊ कबीर कहा से कबीरा सुनो भाई साधो आवागमन मिटाऊ अपने राम कोर जाऊँ मैं तो राम कोर जाऊँ अपने राम कोर जाऊँ